हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अब आप अपने वोटर हेल्प से किस प्रकार से अपना पहचान पत्र सही कर सकते हैं यानी आपका आ, कुछ भी उसमें नाम गलत हो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना हो तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताते हैं इसके लिए आपको प्ले स्टोर से वोटर हेल्प डाउनलोड कर लेना है हमने डाउनलोड कर रखा है तो इस वजह से हम डाउनलोड नहीं करेंगे डाउनलोड करने के बाद आप ये देख सकते हैं वोटर हेल्प इस पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप वोटर हेल्प पे, पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आएगा तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक्सप्लोर इस पर क्लिक करना है करेक्शन ऑफ एंट्रीज फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपसे मोबाइल नंबर पहचान पत्र में जो रजिस्टर्ड हो उस नंबर को यहां पर आप दर्ज कर सकते हैं तो चलिए या आप कोई नया नंबर डालना चाहें तो आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम एक नया नंबर डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने जो है मोबाइल नंबर डाल दिया है और यही मोबाइल नंबर हमारा आ, पहचान पत्र में रजिस्टर्ड भी हो जाएगा तो इसके लिए मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आप ये देख सकते हैं सेंड ओ सिंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन एनवीएसपी। डू यू वैन टू द प्रोसीड। तो इसको हमको ओके कर देना है ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये रजिस्टर्ड के लिए आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेगा जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज किया था तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक बार मोबाइल नंबर और डालेंगे क्योंकि हमको उस मोबाइल नंबर पर ओ टी मंगाना है तो चलिए हम मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद सेंड ओ अब हम जैसे ही इस पे सेंड करेंगे तो ये इसी रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओ आएगा ओ आने के बाद आप देख सकते हैं एंटर योर ओ टी पी ई मेल पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड तो यहाँ पे हमको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है तो इसके लिए आपको ये पूरा फॉर्म और अपना नंबर रजिस्टर करके बताते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ओ ऊपर फिल कर दिया उसके बाद ईमेल आईडी ईमेल आईडी के बाद ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड हमको बनाना है और पासवर्ड बनाने के बाद ये सबसे लास्ट में हमको पासवर्ड कंफर्म करा देना है तो ये सब हमने भर दिया है भरने के बाद आप ये लास्ट में देख सकते हैं सबमिट इस सबमिट पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ये आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यूज़र यूज़र आई यानी ई वगैरह ये गलत बता रहा तो ये हमारी ई पहले से पड़ी हुई है अगर आप चाहें तो दूसरी डाल भी सकते हैं और अगर आपके पास ना हो तो कोई मैंनेडेटरी नहीं है आप ना भी डालें तो चलिए इसके बाद हम इस सबमिट पे क्लिक कर देते हैं दो, दोस्तों आप देख सकते हैं ये आ गया है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यानी अब आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो इसके बाद ओके पर हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमको फिर से वही मोबाइल नंबर दर्ज करना है और सेंड ओ टी क्लिक करना है तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं सेंड ओ पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसी रजिस्टर्ड नंबर पे एक ओ आएगा तो उसको हमको फ़िल कर देना है और हमने जो रजिस्टर के समय जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देना है तो चलिए दोस्तों हम फिल कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर पर जो ओ आया था उस ओ को हम यहाँ पर फ़िल कर दिए हैं फिल करने के बाद रजिस्टर्ड के समय जो हमने पासवर्ड बनाया था वो यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है डालने के बाद लॉगिन नाव इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर लॉगिन नाव पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अब हम लॉगिन हो चुके हैं और इसके बाद आप ये एक्सप्लोर इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं करेक्शन एंट्रीज फॉर्म आर्ट तो ये फॉर्म नंबर जो आर्ट है इस पर हमको क्लिक करना है जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये करेक्शन के लिए फॉर्म आ चुका है आप देख सकते हैं माई नेम इज़ वोटर मित्र तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है ये लेट्स स्टार्ट इस पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव वोटर आई डी नंबर अगर आपके पास वोटर आई डी नंबर है तो यहाँ पे यस करना है तो ऑलरेडी आपके पास वोटर आई डी हो गई तभी आप करेक्सन करेंगे तो येस इस पर क्लिक रहने देना है रहने के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर हमको क्लिक कर देना है अब आपको अपना वोटर आई नंबर डालना है जिसपे आप करेक्शन करना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों हम डाल देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ए नंबर अपना दर्ज कर दिया है वोटर कार्ड नंबर उसके बाद ये देखिए फैक्स डिटेल यहाँ पे हमको अपनी डिटेल को फैक्स करना है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप दे, देख सकते हैं यहाँ पर प्रोसीड आ गया है अब इस प्रोसीड पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मतदाता हेल्पलाइन से ये आपका वोटर कार्ड निकल के आ जाएगा यानी उसकी स्लिप तो आप इसमें चेक कर लीजिए कि आप का वोटर नंबर से आप का कार्ड निकल करके आया है स्लिप तो इस पर चेक करने के बाद आप ये नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है जैसे ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म पूरी तरीके से खुल करके आ जाएगा अब आप यहाँ पर जो भी करेक्शन करना चाहें आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर नेम देख लें अगर आपका नाम सही है तो ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब कुछ बिल्कुल ठीक है पहचान पत्र में और हमारा कुछ गलत नहीं सिर्फ हमको अपने पिता का नाम और यहाँ पर हमको अपना एड्रेस बस ये हमको चेंज करना है तो आप देख सकते हैं आधार डिटेल यहाँ पे हमको अपने आधार की डिटेल भरना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर आधार नंबर अपना भर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है आधार नंबर फिल करने के बाद आप ये देख सकते हैं और इसके बाद आइए नोट यह, इसको आपको नहीं करना अगर आप इस टिक कर देंगे तो आपका यह आधार यहाँ पर नहीं लेगा इसके बाद मोबाइल नंबर अप्लीकेंट जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर हो यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिल कर देना है तो चलिए हम उसका मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया मोबाइल नंबर दर्ज करने के यहां बाद यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल नंबर ऑफ रिलेटिव अगर आपके कोई रिलेटिव का भी नंबर है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसके बाद ई मेल अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर दर्ज करने वरना कोई ज़रूरी नहीं है एप्लीकेंट की या रिलेटिव की तो आप चाहें तो यहाँ पर दर्ज कर दें तो दोस्तों देख सकते हैं हमने ईमेल आईडी भी दर्ज कर दी है उसके बाद आप ये नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दें जैसे ही इस नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आप आपसे पूछ रहा है शिफ्टिंग ऑफ रेसिडेंट अगर आप एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पे शिफ्ट हुए हैं तो आप वो करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा करेक्शन ऑफ एंट्री एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन रोल अगर आप करेक्शन अपने इलेक्ट्रॉन रोल पे चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं अगर इशू ऑफ रिप्लेसमेंट अगर आपका वोटर आई कार्ड टूट गया हुआ उसको रिप्लेस करना चाहते हैं या विथआउट करेक्शन तो यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद रिक्वेस्ट ऑफ़ मार्केटिंग पर्सन विथ डिसबिलिटी अगर आप किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं मान लीजिए विकलांग वगैरह हैं तो ये उसके लिए है तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं करेक्शन ऑफ एंट्रीज़ इन एक्साइटिंग करें इलेक्ट्रॉल रोल यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम क्लिक करेंगे क्योंकि हम करेक्शन कर रहे हैं जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पर हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम जेंडर डेट ऑफ बर्थ रिलेशन टाइप रिलेशन नेम एड्रेस मोबाइल नंबर फोटो जो भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं लेकिन एक बार में आप तीन ही चीज़ करेक्शन कर सकते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा आप सोचेंगे कि पूरा एक साथ कर दें तो नहीं आप कर पाएंगे तो इसके लिए दोस्तों हमको केवल रिलेशन नेम ये हमको करेक्सन करना है इसके बाद हमको एड्रेस करेक्शन करना है और इसके बाद मोबाइल नंबर ये हमको करेक्शन करना है उस और हमारा बाकी सब ठीक है और आप देख सकते हैं ये तीन लग चुका है बस यही तीन हम कर सकते हैं इसके बाद हमको नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से फॉर्म आ जाएगा अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट तो यहाँ पर हमको उस रिलेटिव का नाम भरना है और नेम ऑफ रिलेटिव ये अपने आप हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा तो चलिए दोस्तों हम भर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर नेम ऑफ रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट ये हमने भर दिया है उसके बाद ये हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट नेम ऑफ रिलेटिव यहाँ पे हमको कुछ नहीं भरना अगर लास्ट नेम है तो आप भर भी सकते हैं उसके बाद आप ये देख सकते हैं प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ नेम अब आपका नेम चेंज के लिए जो आपका प्रूफ हो वो यहाँ पर लगा देना है चलिए दोस्तों हम लगा देते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं हमने आधार कार्ड लगा दिया है आधार कार्ड लगाने के बाद अब हमको हाउस नंबर यहाँ पर क्योंकि हम एड्रेस भी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको हाउस नंबर भी फिल करना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर फिल कर देते हैं हाउस नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद स्ट्रीट एरिया और लोकल्टी तो आप जो भी एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर आप फिल कर दें तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस्ट्रीट एरिया में हमने ये भर दिया है इसके बाद आप इस्ट्रीट एरिया लोकल्टी यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके लिए आपको अगर आपका ये सही से नाम नहीं आ रहा है तो आप इसको अपने से करेक्सन भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम कर देते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने हिंदी में भी जो करेक्शन था वो हमने हिंदी में भी अपने हाथ से करेक्शन कर लिया है इसके बाद विलेज टाउन अब यहाँ पे आपको अपना शहर जहाँ के हैं अब आपको यहाँ पर अपना शहर चुनना है तो चलिए दोस्तों हम चुन लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपना विलेज टाउन सेलेक्ट कर लिया इसके बाद हम टाउन विलेज पर फिर, फिर क्लिक करेंगे तो ये हिंदी में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा तो इसके बाद अब यहाँ पर पूछ रहा है पोस्ट ऑफिस तो दोस्तों हमको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस पे अपना पोस्ट ऑफिस डाल देना है जैसे ही हम डालेंगे और डालने के बाद आप ये देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस इन रीजनल तो ये अपनी भाषा में आ जाएगा तो ये अपने आप ही कन्वर्ट हो गया हिंदी में इसके बाद पिन कोड अब यहाँ पर हमको अपना पिन कोड दर्ज कर देना है अपने ज़िले का पिन कोड दर्ज करने के बाद आप ये दे सकते हैं तहसील आपकी जो भी तहसील लगती हो वो यहाँ पर तहसील डाल देना है तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर तहसील डाल देते हैं तहसील डालने के बाद यहाँ पर हम फिर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा इसके बाद अब हमको दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक चुनना है तो चलिए हम अपना डिस्टिक चुन लेते हैं डिस्टिक चुनने के बाद आप देख सकते हैं सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ अब आपको अपना एड्रेस प्रूफ यहां पर लगाना है कि आप इनमें से क्या लगाना चाहते हैं तो अमूमन आधार कार्ड है हमारे पास तो हम आधार पर सिलेक्ट कर देंगे और आप चाहें तो यहां पर कई डाक्यूमेंट दिए हुए हैं वाटर कनेक्शन का भी है इलेक्ट्रिसिटी भी है गैस कनेक्शन है करंट पासबुक इंडियन पासपोर्ट तो आप यहाँ से कई डॉक्यूमेंट है जो सिलेक्ट कर सकते हैं लेकिन अमूमा सभी के पास आधार होता है तो अपना आधार ही सिलेक्ट करें उसके बाद यहाँ पर अब आपको अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी गैलरी ओपन होने के बाद हम यहां से अपना आधार लेंगे आधार लेने के बाद हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा आधार आप ये देख सकते हैं लग चुका है इसको हम प्रीव्यू भी इसका देख सकते हैं कि लगा या नहीं तो अब ये देखिए हमारा आधार लग चुका है उसके बाद हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर अब हमको अपना वही मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है जो हमने अपने पहचान पत्र पे अपडेट किया है या डाला है क्योंकि हम जब ये पहचान पत्र हमारा करेक्शन हो जाएगा तो हमको इसका एक पीडीएफ फ़ाइल भी डाउनलोड होकर के निकाला जाएगा तो उसके लिए हम आपको एक नया वीडियो लाएंगे कि वो किस प्रकार से पीडीएफ फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए चलिए दोस्तों हम अपना नंबर डाल देते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर भी डाल दिया है और वही मोबाइल नंबर डाला है जिसमें हमने शुरू में रजिस्टर्ड किया था अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट पे हमको क्लिक कर देना है जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये डिक्लेसन का फॉर्म आ चुका है यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट आप देख सकते हैं एप्लीकेंट का नाम भी आ जाएगा नाम आने के बाद ये आप देख सकते हैं प्लेस ऑफ एप्लीकेंट तो एप्लीकेंट जहाँ का भी रहने वाला है तो यहाँ पर आपको उसका प्लेस दर्ज कर देना है उसके बाद दोस्तों ये देखिए डन इस डन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा फॉर्म जो हमने भरा है वो पूरा फॉर्म यहाँ पर आ गया है। अब इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से चेक कर लें चेक करने के बाद लास्ट में आप देख सकते हैं कंफर्म ये कंफर्म पे आपको क्लिक करना है तो दोस्तों चलिए हम फॉर्म को चेक कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने फॉर्म को पूरी तरीके से अच्छे से चेक कर लिया है हमारा फॉर्म एकदम सही है और इसके बाद ये कन्फर्म अब इस कन्फर्म पर हम क्लिक कर देंगे जैसे ही हम इस कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट 22 दो 2023। तो यानी हमारा जो है एप्लीकेशन सही तरीके से सबमिट हो गई है और उसके बाद योर रेफरेंस आईडीज़ डीज़ आई तो ये एक रेफरेंस आईडी जनरेट हो जाएगी जनरेट होने के बाद आप इसका एक स्क्रीन ले करके भी रख लें स्क्रीन लेने के बाद ये ओके इस ओके पे हमको क्लिक कर देना है सबसे सब पहले तो हम इसका कॉपी कर लेते हैं रेफरेंस आईडी उसके बाद ओके पे हम क्लिक कर देंगे तो दोस्तों अब हम देख सकते हैं कि हमारे रेफरेंस आईडी में हम किस प्रकार से चेक कर पाएंगे हम अपना स्टेटस तो आप देखिए स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट यहां पे हमको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेफरेंस आईडी जो अभी हमने कॉपी करी है वो यहाँ डालेंगे उसके बाद स्टेट चुनेंगे जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को चुनने के बाद यहाँ पर हमको ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है तो देखिए दोस्तों हमने जो फॉर्म अभी सबमिट किया है वो फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा और उस फॉर्म की पूरी डिटेल तो ये देखिए सबमिट हमने आज किया है बाईस तारीख को तो ये सबमिट हो गया अब जब ये बी के पास जाएगी तो बी इसको क्लियर कर देगी उसके बाद फेल्ड वेरीफाई पर फिर एक्सेप्ट रिजेक्ट पर लग जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और जब ये पहचान पत्र बन करके आ जाएगा तो दोस्तों हम इसका आपको बताएंगे कि आप नया वाला पहचान पत्र पी फाइल में किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे तो इसका पूरा वीडियो हम आपको बहुत जल्दी ला करके देंगे दोस्तों धन्यवाद